हेलो गाइस वेलकम बैक टू द एसएसपीके एस तो चलिए आज हम बताने वाले हैं कि माइनक्राफ्ट कैसे डाउनलोड करें आपके फ़ोन में फ्री में वो भी बिल्कुल फ्री तो चलिए गाइस हम लिखते हैं माइनक्राफ्ट क्राफ्ट एटीन एटीन पॉइंट थ्री ज़ीरो डाउनलोड हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको साइड मिल जाएगी Minecraft Pocket Edition App Plus तो चलिए गाइस लोड ले रहा है थोड़ा सा तो इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे हमें यहां पर बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे जो भी आपको करना है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए गाइस यहां पर ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे दैन इस पर टैप कर कर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपको और भी वर्ज़न बहुत तो सारे वर्ज़न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इस लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और मैंने भी डाउनलोड किए थे दो दो वर्ज़न किए थे तो मुझे अच्छे दोनों लगे तो ये है 18.30 पॉइंट थ्री मैंने बहुत यूज़ किया थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पीडियो